दोस्तों डेढ़ घंटे से मैं अपना ये इमेज बना रहा था बनाने के बाद थोड़ा सा थकान हुई तो मैं सोचा थोड़ा YouTube वीडियो देख लेता हूँ फिर उसके बाद सो जाऊंगा रात के डेढ़ से दो बज रहे हैं अभी और इसी समय मैं जब YouTube पे गया तो मैं एक बवंडर देखा जिसके बाद मेरा ना मतलब पैर में का जो गुस्सा था वो में चढ़ गया सर से निकल गया ब्लास्ट होने पर मतलब एक शब्द इस लड़की के लिए बोल रहा ना वो यही हो सकता है मतलब कि जो तारक मेहता में बोलते थे ना जेठला जब गुस्सा होते थे पुराने वाले समय में दया पर ओ पागल औरत बिल्कुल इस पर शूट करता है मतलब यार क्या है क्यों है मतलब इसके बाप मम्मी घर के वाले कोई देखते नहीं है इसको या रोकते नहीं है या क्यों है मतलब समझ नहीं आता नाम है पायल जोन क्यों है पता नहीं इस धरती पे आई क्यों है पता नहीं पहले पिछले दस दिन से मैंने नौटंकी देख रहा था एक कोई बड़े यूट्यूबर है उनकी शादी के बारे में उनका शादी करवा दिया उनका डाइवोर्स करवा दिया उनके बीवी को मरने का कुछ कह दिया तो कभी छोड़ के जाने का दिया तो कभी मिसिंग करवा दिया कुछ भी उसके बाद उन्होंने किसी और यूट्यूबर के बारे में स्ट्राइक के बारे में पूछ तो कुछ तो कुछ तो भलाना था तो, ढिकाना अब एक छोटा बच्चा है सौरभ जोशी ब्लॉग मैं सौरभ जोशी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका वीडियो देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग उनका डेली आता है आठ बजे तो मुझे अच्छा लगता है आज मैं ऐसे ही दिन में देखा नहीं तो मैं सोचा वही वीडियो देख लेता हूँ लेकिन ज्ञान कुछ और देखने और देखा कुछ और इस बाबासीर को देखने के बाद मेरा ना बहुत ही गुस्सा आया ऐसे मैं यूट्यूब क्रिएट नहीं करता हूँ वीडियो अभी छोटा मोटा चैनल है तो कभी कभी वीडियो डालता हूँ आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा अगर आप लोग को लाइक हो मेरा वीडियो पसंद आए तो फिर मैं अपने आप को कंटिन्यू करना चाहूँगा आप लोग से पहले जानना चाहूँगा आप लोग कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगेगा इस पागल औरत ने इतना नोटंकी फैला रखा है कि भाई कुछ भी पहले तो अपने बक देती है बिना फैक्ट्स कुछ कुछ जाने कुछ भी किए और फिर आकर लास्ट में ऐसा रोती है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता था मैं तो शॉर्ट्स से देखी थी अब तो शॉर्ट्स से देखी थी तो क्या शॉर्ट्स में कोई दिखा देगा कि कोई आदमी गू रहा है तो तुम लिख दोगे हाँ ये बंदा गू रहा था कहीं पे कुछ लिख देगी कोई बच्चा अपने माँ बाप को मार के खा गया तो तुमने लिख दो अब भी यार क्या हो ये सोशल मीडिया है नाम हो ना यूट्यूब से तीन लाख से है, इतने लोगों का मर्डर करवा चुकी हो तुम तो मतलब तुम्हारा बहुत सारा मैंने वीडियो देखे है लेकिन मेरा खून नहीं खोला था लेकिन आज जाके ना मेरा मतलब नहीं होता अंदर का भड़ास आज निकल गया तो मैं सोचा की मैं सिंपल ही भाषा में तुमसे बात करते हुए बोलता हूँ कि दीदी प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं अगर YouTube या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप रहती हो जीवंत हो आपके अंदर प्राण है सांसें लेती हो तो भगवान का खैर मनाओ डरो और कुछ अच्छा दो अगर तुम चाहती हो तो हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ आते हैं हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे बिल्कुल आपसे हिट नहीं फैलाएंगे हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ऐसे ऐसे वीडियो बनाती हो जैसे लगता है कि कभी भांग का गोली खाई हो कभी दारू पी के आई हो या पता नहीं किस नशा में आई हो मुझे खुद समझ में नहीं आता है उसके बाद ना मेरे अंदर का जो गुस्सा है ना बॉन्डर बन जाता है मन करता है ना तुमको ला करके जिस जगह पे हिमाचल प्रदेश में अभी सौरभ जो रहता है ना उसके घर के आस में कोई पहाड़ हो तो उस पहाड़ से उठा के मैं नीचे फेंक दूँ तुम्हारे सर का ब्लास्ट हो जाए और तुम इस धरती पर न रहने वाली ऐसी प्राणी बन जाओ क्यों क्या मिलता है लोगों को मारने का मुझे पता है अगर मैं लेकिन मैंने एक इंसानियत के नाते से तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज हम जैसे इंसानों को इस तरह का बाबा सिरदे देकर प्रशान मत करो आपके पैर पड़ता हूं रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूं रिक्वेस्ट है प्लीज बात मान जाओ बाकी तुम्हारी मर्जी है जो करना है करो नहीं करना है मत करो धन्यवाद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा कोई कमेंट नहीं मिलेगा तो मैं धीरे धीरे समझ जाऊँगा मेरा कोई स्कोप नहीं है तो मैं अपना चाय का टपटी में चाय बनाऊँगा और पीता हूँ लोगों को बेचता हूँ उसी में खुश रहूँगा शुभरात्रि जय हिंद